Aaj mere di saasu mere behkut rahit dil ka jhala. Aaj mere di naaku dil ka jhala dil ka jhala. Aur mere di saasu mere behkut rahit dil ka jhala. Aur aaj mere di naaku dil ka jhala dil ka jhala. ंशी <laughs> कहा